बालाघाट विधायक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर शंकर बिसेन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बालाघाट आरटीओ टी ओ अनिमेश गढ़े को सार्वजनिक रूप से गालियाँ दी हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है भाजपा नेता की इस हरकत के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका स्वभाव रहा है और उनकी सोच को दर्शाता है पूर्व मंत्री गौरी बिसेन से जुड़ा यह मामला लालबरा थाने में हुई बैठक का है जहां सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत के बाद थाने में बैठक हुई जिसमें पूर्व मंत्री बिसेन लाल तहसीलदार रामबाबू देवांगन थाना प्रभारी आर टी ओ अनिमेश गढ़े स्थानीय भाजपा नेता ग्रामीण व मृतक के परिजन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे थाने में बैठक के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा की यहाँ गाड़ियाँ सौ की स्पीड से चलती है पुलिस वाले चालान नहीं बनाते हुए पचास सौ रूपए ले लेते हैं इस पर पूर्व मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ता से कहा की तुम पार्टी की होकर ऐसा क्यों बोल रहे हो तब कार्यकर्ता ने कहा मैं किसी से नहीं डरता हूं क्षेत्र में यही चल रहा है मौके पर मौजूद लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता को समझाया लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे इस पर पूर्व मंत्री आपा खो बैठे उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों और ग्रामीणों पर नाराजगी जताई एक भी के चारीज चारीज? की चाली नहीं, नहीं कब चलती किसी कोई करते है है आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा जल्दी मेरे को साल फादे बिताल को पूर्व मंत्री बिसेन ने कहा आप लोग भी बड़ी तेज गति से गाड़ी चलाते हैं साठ प्रतिशत से ज्यादा लोगों के पास लाइसेंस नहीं है एक भी बाइक वाला नियम से नहीं चलता यहाँ जांच होती है पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं कहा गया आरटीओ सुन ले आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा रफ्तार में चली तो तेरे को फांसी चढ़ा दूंगा इसके बाद बिसेन ने आर को गंदी गंदी गालिया दी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 Dakal news